घसीतापेम कथरी कतरी घसी तापे ओ कचरी साठे उत्सव लग थे जाने रही रही के झड़ के मारे अंग अंग हा जो ही मोर ठिठुर गे हैं को माया नहीं ला कि कैसे निगे हैं काला बतावा काला सुनावा नहीं है कुछ जुगाड़ रे जे घर मिर्जा जाके मिटा लेते हो, मन भर के जाड़ रे मोला दन का दे बड़ मजा पाते, मोला दन का दे बड़ मजा पाते, थे दे, लेतेन मजा रही रही के It's all. वाहर संगी अगन पुस के रात वो हाथ गोड़ हाकापत है कटरत है ना मढ़ाया ना नशा चढ़ मल्ला मढ़हाय उत हे रही रही के ते चल दिए वो मई के कठन तो जा नियम सोत सजनी पै हम तोला पटार के दोनों दंदक दिन संग माह मन खापी के के सोत तो बने बड़े भर पही पाके मया रसियार के मन हो घूमा बैठार कब त आबे मोला बता दे कब आबे मोला बता दे दिनी है काम कम के दिए वो बोम के हाँ जा कथरी साट्यों कुर्सी ताबे कथरी साट्यू तब लग थे जा रही रही के